वेलकम बैक माई चैनल चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों को मैं यूट्यूब पर किस तरीके से एक अच्छा वीडियो बनाकर वीडियो को वायरल कैसे किया जाता है इस तरह वीडियो बनाया है तो चलिए लेटेस्ट स्टार्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप लोग बताते हैं आप जब वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के लिए तो यूट्यूब पर बनाने के बहुत सारे वीडियो बनते हैं लेकिन आप लोग जो वीडियो बनाते हैं उसको आज के समय पर चल रहा है उसी तरीके से कॉन्टेंट वीडियो नहीं बनाए तो आप कैसे पता करेंगे कि न्यूज पर आज के समय में क्या वीडियो आ रहा है कौन सा वीडियो चल रहा है इसको कैसे मालूम कर सकते हैं तो आप अपने जो न्यूज पर जाइए वहां पर सर्च करिए सर्च करने से न्यू न्यू वीडियो आएगा न्यू वीडियो पर देखिए उसमें किस तरीके का व्यवस्था आ रहा है कैसा रिस्पॉन्स है वीडियो का उसी तरीके का टॉपिक एक वीडियो बनाकर बाइक जो वायरल वीडियो होता है उसी करके उसी के हिसाब से जो वीडियो में बताया है उसी तरीके का वीडियो आप शूट करें अपने जो चैनल तो के लिए उसी वीडियो को अपने चैनल पर अपने बनाकर एडिटिंग करके तो आपको उस समय के बाद अच्छे से अच्छे लाइक सब्सक्राइब और कंटेंट वीडियो बनाए जो अभी के समय में YouTube पर रेल कर रहे हैं चल रहे हैं और वायरल हो रहे हैं तभी जाकर आपका जो सब्सक्राइबर है वास्टाइल है चैनल बुस्ट होगा और YouTube से रिलेटेड इसी जानकारी को सीडियो में दिया गया है वीडियो पसंद आएगा तो लाइकअन सब्सक्राइब भी करें